नमस्कार स्वागत अभिनंदन 6 अक्टूबर के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है ग्रहे सेवा के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि न चिंतित विवाह सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानम नाम राशि न ना चिंतित तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठे होंगे वो आपकी राशि होगी और राशि फल हमारा चंद्र राशि पर आधारित है पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं और ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग करण पंचांग के ये पांच अंग हैं तो 6 अक्टूबर का दिन रहेगा रविवार दिन रहेगा और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त परिधावी नामक संवत्सर चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर पांच मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर चौवालिस मिनट पर नक्षत्र रहेगा पूर्वा साढ़ा तीन बजकर पांच मिनट तक दोपहर में इसके उपरांत उत्तरा साढ़ा नक्षत्र लग जाएगा करल रहेगा व इसके उपरांत बालो और अंतिम करण जो रहेगा ये कौलव करण रहेगा तिथि हमने आपको बता दी कि सुबह दस बजकर चौवन मिनट तक की अष्टमी तिथि रहेगी उसके उपरांत नौमी तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं कर, जो है करना चाहिए और नौमी तिथि को दर्शकों जो होता है आपको लौकी नहीं खाना चाहिए लौकी का सेवन बिल्कुल भी मनाही है शास्त्रों में यदि आप लौकी खाते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि आप गौमा समझिए खा रहे हैं तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है दर्शकों तो अष्टमी तिथि को नारियल और नौवीं तिथि को लवकी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए योग रहेगा योग रहेगा, उस दिशा में अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कांटे बीचे होंगे आपके पैर में घट जाएंगे आप उस दिशा की ओर यदि कोई सार्थक प्रयास करेंगे कार्य करेंगे तो आपके कार्य नहीं होंगे तो कार्य आपके कैसे हो तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन करके पान का सेवन करके घी का सेवन करके निकली और पहले पूरब की ओर आपको चार पक चलना रहेगा इसके उपरांत आपको जो है पश्चिम दिशा की ओर फिर यात्रा करनी चाहिए राहु काल की ओर जो है चलते हैं अशुभ समय होता है राहु काल तो शाम को चार बजकर सत्रह मिनट से पाँच बजकर चौवालीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा और यदि आपको शुभ कार्य को करना होगा तो सुबह आप से बारह मिनट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 पढ़ा है आप लोग जा करके देख सकते हैं 18 और 19 तारीख को दिल्ली में जो कोई भी इच्छुक दर्शक हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तुला राशि तो तुला राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य से बेहतर बीतेगा आज आप नई ऊर्जा से लबरेज रहेंगे काम की दृष्टि से आज व्यस्तता ज्यादा रहेगी घर में किसी रिश्तेदार की आने की संभावनाएं रहेंगी इससे घर का माहौल काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ आज ज्यादा समय आज आप बिताएंगे